हेलो फ्रेंड्स प्रीति किचन में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अंडा भुर्जी की रेसिपी अगर आप भी इस तरह का भुर्जी घर पर बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है तो अब हम इसमें इस डालेंगे तेल तीन चम्मच तेल डालेंगे तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और इसे चटकने देंगे तो इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे इस तरह से अब हम इसमें डाल देंगे दो कटा हुआ प्याज जिसे मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है इसे हम एक मिनट के लिए भूनेंगे एक मिनट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ इसे मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लिया है अदरक बारीक कटा हुआ लहसुन तीन से चार कटी हुई हरी मिर्च और एक बारीक कटा शिमला मिर्च इन सभी को हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे हम सब्जियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे इससे भुर्जी का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच मिर्ची पाउडर हमने ग्रीन मिर्ची का भी इस्तेमाल किया है तो हम मिर्ची का इस्तेमाल कम ही करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर इसे हम दो मिनट के लिए भून लेंगे मसालों को मसालों को मैंने लगातार चलाते हुए दो मिनट के लिए भून लिया है तो अब हम इस डालेंगे दो बारीक कटी हुई टमाटर और इसे हम एक मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे टमाटर को हमें गलाना नहीं है इससे अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी भुर्जी में टमाटर को मैंने एक मिनट के लिए भून लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे नमक को मैंने अच्छे से मिला लिया है तो अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे भुर्जी में डालने के लिए मैंने यहाँ लिया है पाँच अंडे सभी अंडों को हम इसमें तोड़ के डाल देंगे सभी अंडों को मैंने डाल दिया है तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम चार से पाँच मिनट के लिए फ्राई करेंगे पाँच मिनट हो चुका है भुर्जी बनके हमारा रेडी हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अंडा भुर्जी बनके हमारा रेडी हो चुका है तो आपको आज का मेरा रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय